सिंगरौली में विजयदशमी के पर्व पर जिले के विभिन्न थानों में शस्त्र पूजन किया गया जिले में विजय दशमी के पर्व पर शस्त्रों की पूजा की परंपरा वर्षों से चली आ रही है थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों ने विधि विधान ऐसी शस्त्रों की पूजा कर सभी के भले की कामना की अनुविभागीय अधिकारी राजीव पाठक और निरीक्षक यूपी सिंह समेत मोरवा थाने के समस्त पुलिस बल ने विधि विधान ऐसी हथियारों की सफाई कर पूजा की थाने के पुलिस बल ने उपयोग के लिए शस्त्र एके फोर्टी राइफल पिस्टल रिवाल्वर और टीआर गैस गन आदि की सफाई की जिसके बाद थाने में मौजूद विभिन्न प्रकार के हथियारों पर पुष्प और कुंक लगाकर पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा संपन्न कराई शत पूजन के बाद मोरवा पुलिस बल ने निर्देशित व्यक्तियों पर शस्त्र का उपयोग न करने का संकल्प लेकर जनता की रक्षा की प्रतिबद्धता व्यक्त की